जी हाँ नमस्कार स्वागत अभिनंदन कन्या राशि के जातकों वर्ष का दूसरा माह अर्थात फरवरी माह आप लोगों के लिए कैसा जाएगा फरवरी माह में क्या क्या घटनाएं आप लोगों के साथ परिघटित होंगी अगर इस माह में कुछ शुभ उपाय करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो वो दिव्यतम प्रयोग कौन से हैं इन सभी विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फरवरी माह में हम आपके शहर में आ रहे हैं आप लोग हमसे मिलकर करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं बाईस और तेईस तारीख को दिल्ली में ही रहेंगे तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं तो आप लोग आ के मिल लीजिए और अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले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 ओम नमस् शिवाय आप लोग बोलिए महाशिवरात्रि रहेगी 21 तारीख को तो आप लोगों को इस दिन व्रत वगैरह रहना रहेगा दर्शकों 22 और 23 फरवरी को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं और हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग आ के हमसे मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो कन्या राशि के जात व्रत पर्व एवं त्यौहार के बाद अब पढ़ते हैं आपके राशि की ओर तो इस माह का जो राशिफल फरवरी माह जो रहेगा ये कैरियर के लिहाज से कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्वार्ध थोड़ा सा कमजोर रहेगा लेकिन जो उत्तरार्ध रहेगा इसकी स्थिति आपके पक्ष में आएगी शनि देव का जैसे ही गोचर हुआ है 24 जनवरी को आपके लिए बड़ा सकारात्मक परिणाम ले करके आया है जो भी शनि की ढैया चल रही थी ये आपके ऊपर से अब खत्म हुई है एक बात और बताना चाहेंगे पारिवारिक जीवन के लिए स्थिति आपके लिए कभी धूप तो कभी छाव जैसी रहेगी इस माह प्रेमी युगल के लिए फरवरी का महीना काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है और आप दोनों के बीच किसी बेवजह की बातों पर लेकर के स्थिति काफ़ी दयनीय चिंतनीय और ख़राब हो सकती है यहां तक कि जो आपका रिलेशन है वो ब्रेकअप के कगार पर पहुंच सकता है शादीशुदा जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी लेकिन जैसे जैसे माह का प्रथम सप्ताह खत्म होगा आपके दाम्पत्य जीवन में बाहर आएंगी खुशियाँ आएँगी फरवरी माह के दौरान आपको व्यापार में अनुकूल परिस्थितियां मिलने वाली है माह के उत्तरार्ध में खर्चों की वृद्धि होगी ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ये कहा जा सकता है कि इस महीने आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं कन्या राशि के जातकों एक बात तो बिल्कुल तय है कार्यों में सफलता से व्यावसायिक उन्नति होगी आपके नए नए व्यावसायिक रिलेशन बनेंगे आपके विरोधी इस माह परास्त होंगे आप जहाँ पर कार्य कर रहे होंगे हो सकता है वहां पर आपके विरोधी काफी सक्रिय हों तो वो आपके सामने नतमस्तक होते हुए नजर आएंगे साथ ही साथ उच्च अधिकारियों का जो साथ होता है विश्वास होता है वो इस माह आपके साथ बना रहेगा आपके ऊपर वो विश्वास करेंगे इस माह कहीं पर आपकी मनपसंद जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है आप किसी नई सेवा में आ सकते हैं किसी नई नौकरी का सृजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है या कोई प्राइवेट जॉब आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है जो लोग सेल्स से रिलेटेड हैं वो इस अपना टारगेट अचीव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तथा कुछ एक्स्ट्रा धन जिसको हम इंसेंटिव भी बोलते हैं वो पाते हुए नजर आएंगे आर्थिक स्थिति में इस माह सुधार होगा पारिवारिक समस्याओं का समाधान 20 तारीख के बाद से होना स्टार्ट हो जाएगा ऐश्वर्यता तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं का संग्रह होगा किसी नए प्रॉपर्टी को आप क्रय कर सकते हैं भूमि को क्रय कर सकते हैं कोई स्थायी संपत्ति आप बना सकते हैं आपको ये मान के चलिए मा क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जीवन में जो भी समस्याएं थी माह के उत्तरार्ध में समाप्त होती हुई दिखाई पड़ेगी विधि सम्मत जो भी कार्य हैं वो संपन्न होंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी आपको रोगों से कोई छुटकारा मिलेगा गुरु तथा शुक्र के अरिष्ट गोचर में कोई सहयोगी आपसे विश्वासघात कर सकता है ये आप लोग गांठ बांध लीजिए मन में अकारण से अज्ञात भय इसमार कभी कभी आपके मन में आ सकता है स्त्रियों के प्रति व्यवहार में थोड़ी सी आपको सावधानी रखना है महिला मित्रों से जो आपके संबंध हैं इनसे थोड़ा सा आप अपने आप को दूरी बना लें अन्यथा यही आपके पराजय का कारण बनेगी तो ओवरऑल दर्शकों कन्या राशि के जातकों ये माह आपके लिए एवरेज रहेगा मिलाजुला रहेगा हाँ इस माह आप निश्चित ही कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आपके पैसे खर्च होंगे अब दर्शकों पढ़ते हैं इस माह में जो आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे वो कौन से रहेंगे तो एक तारीख पाँच तारीख सात तारीख दस तारीख 15 तारीख 16 तारीख 25 तारीख 29 तारीख ये सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे इन दिवसों में यदि आप कार्यों को करते हैं तो आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी वहीं प्रतिकूल दिवस पर चले तो 3 तारीख 9 तारीख 11 तारीख तेरह तारीख अट्ठारह तारीख बीस तारीख तेईस तारीख और अट्ठाईस तारीख ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे आपके भाग्यशाली कलर्स पे आ जाते हैं तो लाइट ग्रीन कलर जो काई के कलर का होता है ये रहेगा और दूसरा स्काई ब्लू कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा भाग्यशाली अंक पर आ जाते हैं तो भाग्यशाली अंक आपके लिए रहेंगे अंक तीन और अंक आठ उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले सोमवार वाले दिन किसी महिला को दूध का चावल का चीनी का अथवा मिश्री का दान करना रहेगा सोमवार सोमवार हर सोमवार इसमें आप लोग कर डालिए दूसरा प्रयोग ये रहेगा कि शुक्रवार वाले दिन दूध में केसर मिक्स करके शिवलिंग पर जाइए और ओम ह्रीन नमः शिवाय मंत्र है इस मंत्र से आप भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करिए तीसरा और अलौकिक और चमत्कारिक उपाय प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल में लाल कुमकुम और लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए इस माह हो सके तो एक रुद्राभिषेक जरूर करवा डालिएगा क्योंकि शिवरात्रि भी पड़ रही है तो दर्शकों ये तो थे आपके जो है मतलब इस माह को प्रभावी बनाने के लिए विशेष उपाय इन उपायों को यदि आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा हानि की कहीं से कोई गुंजाइश कोई संभावना नहीं है तो दर्शकों कैसा लगा मारा कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से बताइए साथ ही साथ देखिए दर्शकों कन्या राशि करोड़ों लोगों की लाखों लोगों की राशि है जरूरी नहीं है कि ये जो राशिफल है ये आपके ऊपर पूरी हंड्रेड परसेंट तरीके से चरितार्थ हो या इसका प्रतिफल आपको ये मिले व्यक्तिगत फलादेश के लिए आप चाहें तो हमसे मिल सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण फ़ोन के माध्यम से करवा सकते हैं पर्सनली मिल करवा सकते हैं क्योंकि तो जिस समय आप पैदा हुए होंगे जिस दिन आप पैदा हुए होंगे जिस जगह पर आप पैदा हुए होंगे उसके अनुसार एक कुंडली तैयार होती है उसी के आधार पर नक्षत्रों के आधार पर गणनाएँ की जाती हैं और उन्ही से फलादेश निकलते हैं उन्हीं से उपाय निकलते हैं ये उपाय तो यूनिवर्सल है पूरी कन्या राशि के लिए है लेकिन यदि आपको अपनी जन्मकुंडली के हिसाब से पंचमेश भाग्यस के हिसाब से उपाय जानने हैं या कर्म के बाद जो है उसमें दिक्कत आ रही है कार्य क्षेत्र में तो कर्मेश के हिसाब से जो भी उपाय बेस्ट से बेस्ट होंगे वो हम आपको डिलीवर्ड करेंगे देंगे कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए वार्षिक राशिफल विस्तृत रूप से 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोगों के लिए प्रेम राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ा है कैरियर राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है साथ ही साथ आर्थिक राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग देख करके इससे लाभ ले सकते हैं दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद is so